अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्ट थे समाजशास्त्र नाम कब और किसने दिया अगस्त कॉम्ट ने 1839 में अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र के दो भाग होते हैं सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स सामाजिक स्थिति की एंड सामाजिक गति की अगस्त कॉम्प्ट को मॉडर्न सिक्रेट कहा है बेंजिन फैर किलिन ने अगस्त कॉम्प्ट ने किसे निम्हा कहा है सेंट साइमन को प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया अगस्त कॉम्प्ट ने प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवादमुखता ध्यान केंद्रित करता है वैज्ञानिक पद्धति पर